ढाई साल बीत गए थे कोई बड़ा इवेंट नहीं कर पा रहे थे किसी स्टेडियम में नहीं जा पा रहे थे कोविड ने बहुत तंग कर रखा था मैं भी परेशान था आप भी परेशान थे बहुत लोग आना चाहते थे पर ढाई साल के बाद अब तीन चार पाँच जून को मैं वापस आ रहा हूँ त्यागराज स्टेडियम में सैकड़ों हज़ारों लोग होंगे इस बार आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमारे को आपने अगर हमारा अभी तक तो कोई कोर्स नहीं लिया है आप नहीं आ पाए हैं तो IBC Pro प्रो प्रोग्राम है IBC Pro नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें लर्निंग अर्निंग दोनों की दोनों को कई गुना बढ़ा दिया है हमने आप इसके बारे में पता कर लीजिए आप इवेंट में आ जाइए क्योंकि ये इवेंट्स बार बार नहीं होते हैं ये फिजिकल प्रोग्राम है एवरीथिंग अबाउट ऑन्टरप्रन्यरशिप आई बी सी अगर ज्वाइन कर लिया आप इस इवेंट में फ्री में आ सकते हैं इस इवेंट के लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना है आई बी क्या है आप कोई और बिजनेस करते हैं किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं गृहणी है स्टूडेंट है कुछ भी है आई बी में आपको लाइफ टाइम मिल जाती है लाइफ शिप मिल जाती है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप 50 परसेंट डिस्काउंट पे है वो जो एक लाख रुपए के आसपास थी आज आपको लगभग 40 पैंतालीस हजार के अंदर आपको मिल जाती है लाइफ टाइम मेंबरशिप भी और आई प्रो भी बन जाते हैं इसके बारे में पता कर लेना आप बोर्ड लाइन नंबर पे लेकिन इसी के साथ आप इवेंट में भी फ्री जॉइन कर सकते हैं मेरे साथ में सारे अरब होंगे जितने हमारे आप प्रोफेसर की फोटो देखते हैं बहुत सारे प्रोफेसर्स की अपने फोटोग्राफ़ देखी है हमारी वो सब आपको मेरे साथ में मिलेंगे मतलब सब तो नहीं मिल सकते पर लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर कहीं नए प्रोफेसर भी आपको आ कर के मिलेंगे तो ये तीन चार पाँच जून डेट ब्लॉक कर लीजिए इसका पता कर लीजिए ये फ्राइडे सैटरडे संडे होने वाला है सुबह नौ से लेकर रात नौ बजे तक इतना सेलिब्रेशन होगा इतना ब्लर्निंग होगा और बहुत मज़े के साथ सीखेंगे आप आकर के मेरे से रूबरू होकर के मिलेगा इसके लिए आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है आपने टिकट ले रखी है तो अपनी सीट ब्लॉक कर लीजिए नहीं ले रखी है आई प्रो लेकर के तुरंत आ सकते हैं इस समय प्राइस बहुत कम है आपके लिए अच्छा रिलेवेंट समय है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को सही व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद